आपकी बातें चलें तो घबराना मत क्योंकि बातें तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है आज के टाइम में किसी से अपनी फीलिंग शेयर करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जिसका सिर किताबों में झुका रहता है दुनिया एक दिन उनके आगे झुकती है दोस्तों क्या आप ये जानते हैं दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के है फिर भी सबकी कीमत अलग है क्यों श्रेष्ठा जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है अच्छे शब्द और अच्छे विचार ही इंसान को बादशाह बना देता है आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है एक दर्दनाक शायरी है जरा गौर से सुनिए मेरे दोस्तों की कि कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते के कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते आप उस शून्य की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं लगता पर जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है एक और शायरी है जरा सुन लीजिए इतना चुभने लगा हूँ सबको छुरा तो नहीं हूं इतना चुगने लगा हूं सबको छुरा तो नहीं हूँ जितना बताते हो मेरे बारे में उतना बुरा तो नहीं हूँ जब जब हम चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दो तो सबसे बुरे लगने लगते हैं क्यों दोस्तों सही कहा ना आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जीवन में सबसे खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे क्यों दोस्तों सही कहा ना जो इंसान अपनी बात पर ना टिक पाए वह इंसान किसी दूसरे के साथ रिश्ता के अखाक निभाएगा वो इंसान किसी का नहीं हो सकता याद रखना जिम्मेदारियां भी खूब इम्तहान लेती है जो निभाता है उसी को परेशान करती है देर ऐसी बनो पर जरूर कुछ बनो क्यूँकी वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई याद रखो दोस्तों जब भी मौका मिले बुजुर्गों से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहो क्योंकि अगर ये चले गए तो फिर वापस कभी नहीं आएंगे सीता के रखवाले राम थे जब हरण हुआ तब कोई नहीं द्रौपदी के पांच पांडव थे जब चीर हरन हुआ तब कोई नहीं दशरथ के चार दुलारे थे जब प्राण त्यागे तब कोई नहीं रावण भी शक्तिशाली थे जब लंका जली तब कोई नहीं अभिमन्यु राज दुलारे थे पर चक्रव्यूह में कोई नहीं सच यही है दुनिया वालों मुसीबत का सामना खुद करना पड़ता है साथ देने वाला कोई नहीं कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं नहीं दिखते अकबर के ताबुत कहीं पर भी लेकिन राणा के घोड़े हर चौराहे पर आज भी नजर आते है अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं जो मिल गया वो अपना है जो टूट गया समझो वो सपना है कोशिश ऐसी करो की हारते हारते कब जीत जाओ आपको पता भी ना चले दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विचार के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ